के हवा में, में, में दिल रातों को तेरा चांद बनकर तुम को देखने आऊंगा खोकर में तुझ को रहा हो गया दिल जो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना